अभी तक सो रहा है। इसको मैं अभी बताता हूँ ऑनलाइन लेनी है। है है। पे बैठ के कर रहा ऐसे। हुआ ऑनलाइन क्लासेम <laughs> <laughs> क्या था ये ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा था नाच निका था वो पता नहीं भैया तो आवाद है यार, <laughs> मला आया, मला आया, तेरे साथ यही मत पढ़ो मत पढ़ो मजा आ जाए हैं पहली ऐसी आठवीं तक के स्कूल खोल दिए गए और पचास द नेक्स्ट डे कीड़े को देखने के बाद आपकी नजरे जरूर टीवी स्क्रीन पर कड़ गई होंगी क्या ब? ये क्या बला है ये कीड़ा है या साग का पत्ता उठ! उठ सोता रहेगा क्या मैं जाऊकू क्या बोला तूने नहीं जाएगा रुको रुक उठाऊ तेरी चप्पल उठाता हूँ मजा नहीं आ रहा है जा रहे हो तुम उंडी ऊपर कर चलो स्कूल निकल चलो छालीसोर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तुम वोलोड जल्दी आ स्कूल में आज सॉरी सॉरी सॉरी सर क्या Sorry, अपने रखो जेब में चलो चालीस में तो बस दो ही बच्चे अरे देख आये तू भी नहीं आता तू क्या आया यहीं बैठ कहा जा रहा, उए, <laughs> रहा है स्कूल में <laughs> वो वो वो कर कर वो तो ही याद करके लांडी बाद में तैयारी कर लो पेपरों की पेपर आने वाले चलो जाओ दोनों आज तो तो तो तो बच्चों का पेपर है, तो सबको फेल करके जाओ। यही तो मर्डर करने पीछे पहले तो तो के लिए। पैसे के आगे वो। वो सर क्यों बैठो, आगे ना। अरे बच्चे पैर पैर मेरा तो तो उठाने गया था कुछ नहीं बच्चा तैयार करके आई चलो तो अच्छा। चलोपल जल्दी, जल्दी निकाल सर आ जाएंगे तो अरे यारेन तो रह गया सर कुछ साइन वाइन कराने गए वो मैं पेपर लगा सर आ गया यहाँ से हॉस्पिटल में मिलते हैं ठीक है अभी सर के दफ्तर में अभी शिकायत बोलूँगा अभी तो अपने इसकी तो नहीं कर सकता ये भी कर सकता है इसके सामने ठीक है ठीक है ठीक है कोरोना तो नहीं हो गया से सही है ये तो दूर हो गया कोई मुझे कोरोना चक्कर में चलो हेलो गाइस तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसका अगला पार्ट चाहिए तो 100 सब्सक्राइबर हमें चाहिए आप हमारा हंड्रेड सब्सक्राइबर करवा दो और शेयर करो जितनी वीडियो हो सके बनेंगे फीकी ज़िंदगानी भरे दे तू फागुन के रंग सारे रंग सारे प्राण मेरे अंधे यारी रात घर दे तू पूजे यारे हो जे यारे जान मेरे फीकी फीकी ज़िंदगानी गानी घर दे तू फागु के रंग सारे रंग सारे प्राण मेरे